लल मनानो अरे बहुता बहुता तो थोड़ा मैं बताएगा इसको उसको भी मालूम नहीं ठंडो रे ठंडो ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े मेरा पाड़े के हवा पानी ठंडो हवा पानी ठंडो ठंडो ओ तेरे दर पर सनम चले आए तू ना नया तो हम चले आए तेरे दर पर सनम चले आए तू ना नया तो हम चले आए प्यास भी ना रही इतने तर से की प्यास भी ना रही बिनतर कोई आस भी ना रही इतने तर से की प्यास भी ना रही इतने तर से की प्यास भी ना रही लड़खड़ाए कदम चले आए लड़खड़ाए कदम चले आए चले आए चले आए, आए। तेर पर सनम चले आए तू ना सुनाया तो हम चले आए चले आए चले आए तेरे दर पर सनम चले आए तू ना नया तो न तर कोई आस भी न रही इतने तरसे की प्यास भी न रही बिनतर कोई आस भी ना रही इतने तरसे की प्यास भी <ईटीण> न रही इतने तरसे की प्यास भी न रही <ईटीण> हेलो दोस्तों नमस्कार मैं आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मेरू पहाड़ यानी कि आप लोगों को पहाड़ दोस्तों अभी मैं आया हूँ बीच में और आप लोगों को थोड़ा बीच का नजारा दिखाऊंगा और आई होप आप लोग भी सब बढ़िया होंगे और सब ठीक ठाक होंगे तो यहाँ पे अभी मौसम तो बहुत बेकार है बोले तो ज्यादा गर्मी है तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे साइड में पूरा ड्राई आइटम या मैंने पूरा धूप ही धूप मिलेगा आपको ये साइड में तो ये देख रहे होंगे आप यहाँ पर देखिए इतनी ज़्यादा धूप है और गर्मी है तो आज मैं आप लोगों के लिए नया ब्लॉक यहीं पे बनाऊंगा और आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए थोड़ा बहुत चल रही है यहाँ पर तो साउंड सुनाई देगी आप लोगों को तो प्लीज़ इसमें ध्यान न दें और थोड़ा ब्लॉग का मज़ा लें तो दोस्तों मैं काफ़ी टाइम के बाद फिर ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को मैं आप लोगों को जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को पहले ही मैंने बोल दिया कि मैं काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों को ब्लॉक लाऊँगा और बैक टू बैक नहीं बनाऊँगा क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलते इसलिए मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा दुबई दिखाऊं, दुबई का बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। तो ये हाँ अभी हम लोग दुबई में वो साइड आप लोगों को ये साइड में पूरा साजा मिलेगा और यहाँ पे काफ़ी लोग स्विमिंग के लिए आते हैं तो आज हम लोग एक्चुअली स्विमिंग करेंगे स्विमिंग करना तो आता नहीं पर फिर वे चलो तैर लेंगे गढ़वली स्टाइल में ऐसे तो ये तो रेडी हो गया लोग ने देखा होगा हेलो हेलो ठीक गाइस और आरबी लैंग्वेज में आराम से बात कर सकते हैं तो फिर मैं और दोस्तों फिर ये रहा यहाँ पानी तो थोड़ा मैं आप लोगों को यहाँ व्यू दिखाता हूँ और फिर आगे शूट करता हूँ तो आप लोग आओ गाइस जरूर लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करना और जो भी मेरे उत्तराखंड से जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो लोग जरूर इस चीज़ को मिस करें भाई करते हैं बहुत जाना यहाँ यहाँ पे आते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे स्विमिंग करते हैं तो, लो नहीं। नहीं। तो फिर हम लोग कोई अच्छी सी जगह ढूंढेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग बस बैग बुक है जगह में हम लोग डालेंगे तो फिर आइट ने तो अच्छा अच्छा स्विमिंग किया लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा side, no तो साइड कहाँ तक पहुँचता हूँ ट्राई करूँगा मेरे को स्विमिंग नहीं आती लेकिन फिर भी मैं करूंगा आप लोगों के लिए तो देखता हूँ वही चाहिए अलमामजार बीच है और आपको दिक्कतों मैं ये ये है पानी का लुक और बहुत ही खूबसूरत सुंदर ये देखिए और मैं तो अभी पानी के अंदर डूबा हुआ हूँ और और ये देखिए यहाँ पर सारजा का नजारा खूब सुंदर ऐसा नजर कहाँ मिलेगा भाई आपको तो मैं दुबई आपको आप लोगों के लिए यहाँ से दिखा रहा हूँ कहाँ मिलेगा ऐसे देखने के लिए तो दोस्तों आप लोग प्लीज आप लोगों का एक ही काम है कि इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना है बस आप लोगों का यही एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोगों ने खाली सरफे सब्सक्राइब करना है क्योंकि उसमें आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा आप लोगों को चैनल में नीचे रेड बटन का एक सब्सक्राइब करके आएगा आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और आप लोगों का देखो ये स्विमिंग का काफ़ी टाइम से मेरे को बोलो स्विमिंग करेगा लेकिन कर रहे हैं अभी आ ऐसा मज़ा तो दोस्तों कभी नहीं आया यार क्योंकि पानी थोड़ा नमकीन है बस सॉल्टी पानी है तो और दिखाता तो हूँ मैं इसको गो डाउन गो को को देख को अब तर गो दे <laughs> <laughs> <देर। laughs> <laughs> <मच> <laughs> तो दोस्तों हम लोग अभी कैफे से हो गया चाय पानी और नाश्ता पानी नाश्ता पानी क्या करना था लेकिन ब्रेड ब्रेड खा लिया और आप लोग देख रहे होंगे अभी यहाँ का नाइट व्यूज है नाइट वाला काफ़ी सुंदर है तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड और फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में तो देखता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को क्या चीज़ दिखाता हूँ आज तो आप लोगों को मालूम ही होगा यहाँ पर खाली बीच दिखाया स्विमिंग दिखाया और दोनों दोस्त लोग थे हम लोग साथ में और काफ़ी इन्जॉय किया तो आई होप गाय आप लोगों ने भी इंजॉय किया हुआ तो प्लीज़ लाइक like और शेयर करना ना बोले तो आप लोगों को थोड़ा नाइट व्यू दिखा हूँ ये देखिए और तो नाइट का लाइटिंग ऐसा है यहाँ पे तो होके गाइस मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में